हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक छोटी सी अनबॉक्सिंग जेब्रोनिक 32 इंची बत्तीस इंची जेब्रोनिक वी पैनल जो क्राउड डिस्प्ले आती है किसी जैसे क्राउड टाइप की डिस्प्ले होगी इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं इसके जो फ्यूचर है वो क्या क्या आपको मिलने वाले हैं डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है साउंड की क्वालिटी कैसी है और क्या क्या हम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है वी जी है या सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बने वाला हूँ तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ वीडियो देखने से पहले चैनल को ले क्योंकि नाइन लोग ऐसे है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियो वो देते हैं तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले तो आप बिना टाइम चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन वाला हूं कि इसके अंदर अपने क्या क्या फ्यूचर मिलने वाले हैं तो बने रहिए वीडियो में तो आपको कुछ इस टाइप से स्टैंड मिलता है ये भी मेटल का स्टैंड है पूरा का पूरा आपको क्वालिटी तो है वो, मेटल का आता है और क्वालिटी ये वो काफी है वो स्ट्रॉन्टी मिल रही है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप आगे क्या आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ तो आपको देख पा रहे हो डिस्प्ले है वो अंदर से आपको इस टाइप से वो डिस्प्ले है तभी मैं इसको बाहर निकाल के आपको चेक कराने वाला हूँ तो देखिए इसके अंदर आपको एक मैन्युअली डायरी मिलती है जो आपके किसी काम की नहीं है ठीक है अब जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है तो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा दूं जरा जूम करके दिखाता हूं देखो एक तो एसडीएमआई ऑप्शन मिल रहा है आपको डिप्ले अच्छा क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ उससे पहले यहाँ पे आपको एक स्टैंड है वो इंजेक्ट करना होगा वो मैं यहाँ पे स्टैंड है वो लगा रहा हूँ ये स्टैंड लगाने के बाद में आपको पीछे से प्लास्टिक का एक डिस्प्ले टाइप का मिलता है ना वो खराब ना हो देखो अभी किस टाइप से लुक है वो आ रहा है तो ये के अंदर ही आपको मिलने वाला है अब मैं आपको ये पूरी सेटअप करके दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपको एक पावर बटन है वो मिल जाता है जिससे आप ऑन है वो ऑफ है वो कर सकते हो तो अब एलसीडी को मैं पूरा का पूरा लुक है वो लगा के चेक कराने वाला हूँ तो मैं एलसीडी को पूरा का पूरा वो स्टैंड पे सेटअप तो अब वो एलसीडी का लुक है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है तो मैं कैमरे से आपको पूरी स्क्रीन है वो दिखा देता हूं तब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं छोटे से एक डेस्कटॉप से जोड़ के आपको डिस्प्ले का जो रेजुल्यूशन है या जो क्वालिटी है वो चेक कराने वाला हूँ तो बने रही वीडियो पे मैं फटाफट इसको कनेक्ट करने वाला हूँ तो देख पा रहे हो आप इसकी क्वालिटी है वो किस टाइप की क्वालिटी मिलने वाली है तो मैं हर एंगल से आपको दिखाने वाला हूँ इस साइड से एंगल से भी दिखाने वाला हूँ उस साइड से एंगल से भी दिखाने वाला हूँ तो एंगल में कुछ भी फर्क है वो ज्यादा विशेष करके नहीं आ रहा है दोनों साइड से सेम ही क्वालिटी है वो आपको दिख रही है तो हल्का सा मैं वीडियो भी आपको चला के दिखा देता हूँ ज्यादा टाइम नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपी का वो इशू आ जाता है तो हल्का सा एक वीडियो चला के दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगी इसकी क्वालिटी है वो किस टाइप की क्वालिटी है वो इसके टेस्ट करने वाले हैं कि डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली हमें कैसे मिलने वाला है तो आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है तो देखिए आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हो कि आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो किस तरीके से मिलने वाली है इसका ऑल ओवर जो रिव्यू में आपको बताऊँ तो सब बढ़िया है बट मेन दिक्कत इसमें साउंड क्वालिटी के अंदर साउंड इसका बहुत ही लो साउंड है जैसे अपने फोन के अंदर uh, चलता है उस तरीके का साउंड है अगर आप इस तरीके की एलसीडी खरीदना चाहते हो तो साउंड है वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा बहुत ही लो क्वालिटी का साउंड है बाकी एलसीडी प्रीमियम है आपको डिस्प्ले रेजुलेशन में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि वी ए है अगर आप इस एंगल से देखोगे तो हल्का सा आपको कलर के अंदर वो फर्क आने वाला है अगर एंगल आप चेंज करोगे तो कलर में वो बिल्कुल फर्क दिखेगा ठीक है। LCD के अंदर आपको काफी प्रीमियम लुक मिलने वाला है जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो पीछे से हल्का सा है ना ऐसे रोटेट बना हुआ डिस्प्ले है, बहुत ही शानदार कलर के अंदर है और जो आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर काफी काफी मतलब आपको बताऊं बताओम क्वालिटी देने वाला है और बिल्कुल यहाँ पे फ्रेमलेस स्क्रीन है वो आपको मिलने वाली है फ्रेम बिल्कुल भी नहीं है एकदम बढ़िया डिस्प्ले है बस कलर भी है की वजह से जो कलर का थोड़ा बहुत इशू है वो इसमें आता है अगर हम लोग एंगल से थोड़ा बहुत इधर उधर देखें तो हल्का सा इशू है वो आने वाला है बाकी प्रॉपर्ली एकदम बढ़िया सी काम करने वाली डिस्प्ले है और बढ़िया प्रॉपर्ली चलने वाली है अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो गेमिंग कर रहे हो तो आपके लिए लगभग बढ़िया क्वालिटी में और कम प्राइस के अंदर आपको ये एल सी मिलने वाली है जबरूनी के अंदर अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहाँ आप ऑनलाइन भी है वो खरीद सकते हो तो ऐसे टेक्निकल रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को ले